अगला फॉर्मूला हमारा आता है M राउंड M राउंड फॉर्मूला क्या होता है देखिए हमारे पास 17 तीन लोगों की टीम है हमारे पास 17 लोगों की टीम है और मुझे 50 गिफ्ट बांटने के लिए बोले गए हैं इक्वली तो इक्वली तो गिफ्ट नहीं बन सकती ना क्योंकि 17 को हम 50 से पचास कुछ तरह से डिवाइड करेंगे तो कुछ तरह लोग तो मुझे कितने गिफ्ट चाहिए थे जिससे हम सेवेंटीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके इसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला M राउंड हमने नंबर सिलेक्ट कर लिया और हमने सेलेक्ट कर मल्टीप्लेक्स जो बता दिया कि 51 चाहिए होगा बेसिकली ये मैथमेटिक्स में पढ़ते थे याद होगा छठिया सातवीं क्लास में वो क्वेश्चन आता था वो संख्या निकाले जो पचास से नियरेस्ट हो और सेवेंटीन से डिवाइड हो जाए तो एक राउंड उसी क्वेश्चन को फुलफिल करता है